डिंडौरी में बसंतगिरी महाराज अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं उनकी मांग है कि अमरकंटक राष्ट्रीय मार्ग पर नर्मदा पथ में पुलिया का निर्माण हो महाराज के अनुसार मुख्यमंत्री जब 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान गए थे तब उन्होंने नर्मदा पथ और नाले में पुलिया निर्माण की मांग की थी पुलिया का निर्माण तो हुआ है लेकिन एजेंसियों ने पुलिया गलत बना दी जिससे जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब शासन प्रशासन आम जनता की समस्याओं को नहीं सुनता है तो जनता को सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ता है ऐसा ही मामला जो भी टिकरिया गांव का है जहां पुलिया निर्माण को लेकर जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसंतगिरी महाराज अपने संतों के साथ धरने पर बैठ गए हैं धरने पर बैठे बसंत महाराज ने कहा कि साल दो में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जोगी चौहानिया घाट में वृक्षारोपण करने आए थे उस दौरान साधु संतों ने मुख्यमंत्री से नर्मदा और नाले में पुलिया निर्माण की मांग की थी जिसके बाद पुलिया का निर्माण तो हुआ था लेकिन पुलिया बनाने वाली एजेंसियों ने पुलिया ऊपर बना दी थी अब आम नागरिकों को बारिश के समय नर्मदा से आने जाने में समस्या होती है साधु संतों की मांग है कि पुलिया का निर्माण सही तरीके से किया जाए और साथ ही नर्मदा नदी में मछली मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जाएता घाट रोड के लिए ही बैठे है ये दो पुलिया बनना चाहिए ये सामने बिल्कुल हमारा समाधान हो जाएगा मछली अभियान बंद कर दे सरकार यहाँ कोई मछली न मारे जैसा यहां धर्म के काम हो रहा है वो धर्म चलना चाहिए वही धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षेत्रीय विधायक ओमकार मरकाम जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश पर कलेक्टर विकास मिश्रा सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला पहुंचे। वहीं बसंत महाराज की बीड़ी देखकर कलेक्टर ने बीड़ी छोड़ने की अपील की कलेक्टर ने महाराज से कहा कि आपकी समस्याओं को सुन लिया गया है अब आप बिड़ी छोड़ दीजिए और आगे कलेक्टर ने तत्काल आर विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाकर स्कीमेट तैयार करने के निर्देश दिए नर्मदा के पथ नर्मदा जी के परिक्रमा करते हैं और बहुत ही समस्याओं से उनको किनारे किनारे नर्मदा जी के परिक्रमा करना पड़ता है ऐसे समय में नर्मदा पथ की बहुत आवश्यकता है इस विषय को लेकर के अनेकों बार प्रयास किया गया आज भी वो समस्या जस की तस है तो इसके लिए नर्मदा पथ के लिए माननीय बाबा जी बैठे हैं हम इनका समर्थन करते हैं ये जायद मंद देखिए विकास यात्रा में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रश्न नंबर पहला है जब नर्मदा सेवा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो नर्मदा पथ और नर्मदा के किनारे हरी चुनरी की बात आपने किए थे आज नर्मदा भक्त नर्मदा पथ के लिए धरने में बैठे है तो ये विकास किसके लिए ये विकास की अगर हमारे नर्मदा परिक्रमावासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो इसमें शिवराज सिंह जी को तो तत्काल में संज्ञान लेना चाहिए एक घंटा से बाबा जी बैठे हैं एक घंटे से इतनी तपती धूप में बाबा जी बैठे हैं और एक तरफ शिवराज सिंह जी की विकास यात्रा चल रही है अरे बाबा जी के मांगों को आकर आप सुनिए नहीं बाबा जी हमारे बहुत ही आध्यात्मिक प्रेरक लोग हैं और बाबा जी कई साल बाद बाहर निकले हैं और उन्होंने मेनली आज जो है ये जो यहाँ पे धबे में बैठे थे बाबा जी वो इसलिए बैठे थे कि नवदा का जो परिकमा पथ है वो ठीक करा जाए के लिए। और साथ में जहाँ पर गैप है वहाँ पर कुछ माइनर बने तो देखा है मोबाइल ऐसी का तो कि काम शुरू करा देंगे शुरू करना है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं